हेलो दोस्तों अगर आप मेरी तरह ऐसे दिवाली स्पेशल फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो मैं आज आपको सिखाऊंगा आप कैसपिक्स आर्ट के मदद से दिवाली स्पेशल फोटो एडिटिंग कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और हाँ चैनल तो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपके पॉट का जो बैकग्राउंड है उसको इडिट करना पड़ेगा उसके लिए आपको एक वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा जिसके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फिलहाल मैं गूगल क्रोम को ओपन कर को आपको दिखा देता हूँ क्रोम को ओपन करने के कर बाद यहाँ टाइप कीजिए रिमूव कीजिए आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा अपलोड इमेज में क्लिक कीजिए उसके बाद आपका जो पिक्चर को आप रिमूव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लेगा अपलोड होने के बाद आपका जो पिक्चर है उसका बैकग्राउंड इरेज होकर ऐसा आपको दिखने को मिल जाएगा इसके बाद इसको आप डाउनलोड कर लीजिए अभी आप Picsart ऐप को ओपन कीजिए जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आप वहाँ पे जाके भी Picsart को डाउनलोड कर सकते हैं Picsart को ओपन करने के बाद एडिट फोटो में क्लिक करके पहले आप इस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे मैं जितने भी बैकग्राउंड का यूज किया हुआ सारे बैकग्राउंड का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लिंक पे क्लिक करके सारे बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते है एड फोटो पे अभी क्लिक कीजिए आपने जो फोटो को बैकग्राउंड को एडिट किए थे उस फोटो को आप सिलेक्ट कर लीजिए मेरी तरह अभी इस पिक्चर को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए छोटा बड़ा कर लीजिए फिलहाल मैं अपने हिसाब से फोटो को थोड़ा एडजस्ट कर कर क्लिक, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए मेरी तरह अभी मैं जैसे सारी बैकग्राउंड को एड करके एडजस्ट कर रहा हूँ आप भी मेरी तरह सारी बैकग्राउंड को ऐड एड़ करके एडजस्ट करते जाइए सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद ओके पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड पे करके फोटो को सेव कर लीजिए और फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए